हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे बातचीत करते करते वक्त जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उसे इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है टॉपिक है बोलचाल में बोले जाने वाले इंग्लिश के कुछ छोटे वाक्य चलिए जानते हैं बोथ यानी दोनों सेल्डम यानी सायद आयदर दोनों में से कोई एक नायदर दोनों में से कोई नहीं टाइम कभी कभी Badly, बुरी तरह से लेटली हाल ही में Awfully, भय से Some day, किसी दिन Nowadays, आजकल हियर आफ्टर इसके बाद Any time, किसी भी समय हैंसफोर्थ इसके बाद में समाइम कुछ समय वेरिन जिसमें जिस पर देरपोन उसके बाद थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग